अपने दुख में रोने वाले अपने दुख में रोने वाले, मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले।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 जिंदगी में तुम किसी के जिंदगी में तुम किसी के कम आना सीख ले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीखले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले अपने दुख में रोने वाले अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दर्द में आशु बहाना सीख ले दूसरों के दर्द में आशु बहाना सीख ले कर गरीबों पो भला बेनसीबों पर रह कर गरीबों को भला बे पर परे राम कर गरीबों का भला भलायर बेनसीबों परिम <स्यवत्त> कर गरीबों का भला भलायर बेनसीबों परिम सेवा <स्यारा> भाव सेवा में भगवान बसे है सेवा में भगवान बसे है दर्शन पाना सीख ले दूसरों के दर्द में हाथ बहाना सीख ले दूसरों के दर्द में हाथ बहाना सीख ले अपने दुख में रोने वाले अपने दुख में रोने वाले पुराना सीख ले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले कर्म तेरा भलाई है Since... में तेरा भलाई है धर्म तेरा प्रेम हो कर्म तेरा भलाई और धर्म तेरा प्रेम हो कर्म तेरा भलाई और धर्म तेरा प्रेम हो वीर इस जीवन में तुम, वीर इस जीवन में तुम जीवन बनाना सीख ले दूसरों के दर्द में हाथों बहाना सीख ले अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दर्द में हाथों बहाना सीख ले दूसरों के दर्द में सुु बहाना सीखल